सी ने मुझसे पूछा कि मिर्ची लगने का कौन सा मौसम होता है तो मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता बस सच बोलो लग जाती है